तो है व्हाट्सअप का इस तो आज की इस वीडियो आप लोगों को पे में देखे उसका ट्यूटोरियल भी बता ले तो वीडियो को शुरू से लेके एंड तक फुल वॉच करना तभी आप लोग टुटल समझ आएगा तो क्या आप लोग वीडियो को फुल वॉच नहीं कर रहे हो तो फुल वॉच जरूर करना तो इस वीडियो को बनाने के लिए आप लोगों को चाहिए अलाइट अगर आप लोगों के पास अलाइट नहीं है तो मैं टेलीग्राम चैनल पर पीट कर रखा हूँ ऐसे आपको डाउनलोड करना इसके बाद अलाइट मोशन कॉपिन करना है ओपन करने के बाद थोड़ा थो सा लोड लेगा इसके बाद प्रोजेक्ट में रहा है प्रोजेक्ट में जाने के बाद डिस्क्रैपन में दे दूँगा सोम बीट प्रोजेक्ट बी और टैक्स एनिमेशन बाई बी तो दोनों डिस्कैप्शन में मिल जाएंगे और फोटो और फ़ॉन्ट जो कि टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड कर देता हूँ तो वहाँ से जाके ज्वाइन कर लीजिएगा अगर स्ट्रेस बनाने में कोई सा भी दिक्कत आए तो इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो मैं वहाँ डिफेंटली रिप्लाई दे दूँगा तो वैसे तो तो तो आप लोग को सोंग बीट मार्ट क्लिक करें इसके बाद जो कि सोंग का रहेगा उसको मैं सोंग का बीट बना के रखा रहूँगा इसके बाद प्लस पे क्लिक करें मीडिया पर जाना है यहाँ से उस फोटो को कर लें, जिस फोटो पे आप लोग स्ट्रेस बनाना चाहते हैं तो मैं इस फोटो पे स्ट्रेस बनाना चाहता हूँ सुबह करने के लिए ऊपर थी दिख रहा है क्लिक करना है इसके बाद फोटो को क्लिक करें यहाँ से एंड में लेके आ जाना है फिर से स्टार्ट करना है शुरू पे फैल जा रहा है एड इफेक्ट में जाना है यहाँ से बलर भी क्लिक करें जो कि बलर बॉक्स ऊपर में उसको क्लिक करना है, ऐसे स्टैंडर्ड से टेप कर रहे, टेड़ टेड़ कर रहे तो यहाँ जो कि हमारा फोटो बलर हो चुका है तो इसको थोड़ा सा फिस्ता में बलर कर लें तो कुछ इस तरीके से दिख रहा है बलर थोड़ा सा इसके बाद प्लस भी क्लिक करना है टेक्स्ट भी जाना है क्योंकि सोंग का जो भी फर्स्ट होगा उसको सुन लेना है यहाँ पर है तो इसके वो वो तो जो कि लिख लेता मैं इसके बाद यहाँ तो से इस पॉइंट को सिलेक्ट करना है इसके बाद अठारह पीटी इसको छप्पन करना है जो कि व्हाइट कलर है वाइट सिलेक्ट करना है कलर इसके बाद राइट पर क्लिक करें यहाँ ऊपर इसके बाद मोबेट राम जाना है इसको इतना में एडजस्ट कर लेना है इसके बाद लेयर लेफ्ट क्लिक करें यहाँ से एन ए में लेके आ जाना है फिर से फर्स्ट पहना है फर्स्ट हो जाना है यहाँ से बीच से कट कर देना आप लोग को इसी तरीके से सभी को कट कर देना है तुम्हें तो इधर सभी को कट नहीं कराऊ नहीं तो वीडियो लंबा आ जाएगा इसके बाद सेकेंड लिस्ट लिख लेना है लिख लिया उसके बाद थर्ड को भी लिख आप लोग को लिर्स लिख लेना है इसके बाद आप लोग को इसमें इफेक्ट लगाना है इफेक्ट लगाने के लिए आप लोग को फेंकाना है क्लिक करना है ऐसे आप लोगों के जो कि इफेक्ट नहीं काम पर रहे तो मैं यहां भी बताऊंगा आप लोगों को जो कि इफेक्ट पे क्लिक करें करेंट करना।, करना है, है। इसके बाद प्रोजेक्ट पे, पे क्लिक करना है यहाँ से नेट पे क्लिक करना है तो कुछ इस तरीके से जो कि हमारा इफेक्ट काम कर रहा है इधर से सभी जो सभी सॉन्ग का लिस्ट जो लिखे हो उसमें पेस्ट कर देना है इसके बाद कैसे इमोजी वाला इफेक्ट लगाना है इसलिए पैक आना है टेक्स्ट एनिमेशन क्लिक करना है से इमोजी वाला क्लिक करना है इफेक्ट जाना है इसको ऑफ कर देना है इसे यहाँ से कॉपी क्लियर कर है कॉपी क्लियर करने के बाद सॉन्ग वीट मार्जेक्ट पे जाना है ऐसे पेस्ट क्लियर कर देना है इसके बाद कैसे ऊपर है उसको नीचे लेना है इतना में बीच में कर लेना है इस बाद इसी को भी करना है यहाँ से यहाँ के पेस्ट करना है तो छोटा रहे तो टाइमर पे क्लिक करना है यहाँ से वाला क्लिक करते हो जाएगा इसके बाद इसको मोजी चेंज करना है मुझे आप लोग कोई से भी चेंज कर सकते हो इसके बाद इधर सभी को आप लोग वैसे ही कर लेना इसको ऐसे में ब्लैक टैंपलेट लगाना है प्लस पे क्लिक करना है मीडिया पे जाना है यहाँ से ब्लैक टैम्पलेट को जो कि सिलेक्ट कर लेना है सेलेक्ट कर लेता हूँ मेरा प्लस पे क्लिक करना है यहाँ से क्लिक करना है ऊपर थ्री दिख रहा है पेन कॉम्बिनेशन एरिया करना है इसके बाद मूविंग ऊपर सिटी पे क्लिक करना है ऐसे लाइटर पर क्लिक करना है इसको स्क्रीन करना है उसको थोड़ा से कम कर लेना है गए इसके बाद एंड में जा रहा है यहाँ से को इधर से कट कर देना है कुछ इस तरीके से हम लोग का स्ट्रेस लग रहा है देख सकते हैं आप लोग तो आप लोग लोगो लगाना चाहते हो लोगो लगा सकते हैं तो इंस्टाग्राम का आई भी लिख सकते हैं यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ तो आप लोग इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर लेना कोई क्वेश्चन हो हो। तो आप पूछ सकते ऐसे करने से से सिलेक्ट सिलेक्ट करना है, कलर गाइस इसके नीचे लेके आ जाना है तो इससे ज्यादा दिख रहा यहाँ पर ब्रांड ऑप्शन करना है यहाँ से थोड़ा सा कम करना है तो कुछ इस तरीके से दिख रहा है इसके बाद इसको क्लिक करने ऐसे आने में लेके लेना है तो कैसे जो कि स्टेडस हम लोग तैयार हो गया बन के तो वीडियो को एक्सपर्ट कैनिकल सेटिंग बगल क्लिक करने के ऊपर ऐसे वीडियो को एक्सपर्ट कर लेना है तो कैसे आप लोग वीडियो को फॉलो चाहिए तो वीडियो को लाइक कर चैनल को और पहली बार आ है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बिलोन पर देना ऐसे ही मिलते हैं कहीं नेक्स्ट वीडियो तब तक के लिए टेक केयर